आप वीडियो को गलत तरीके से अपलोड करते हो जिसके कारण आपकी व्यूज बहुत कम आते है। वीडियो पूरा देखते हो तो गारंटी है आपकी हर एक शॉर्ट्स वायरल होगी सबसे पहले YouTube पे आने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है फिर अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है फिर इसमें से अपने शॉर्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक अच्छा सा थमनेल स्पेस सेट कर देना है फिर अनलिस्ट करके वीडियो को अपलोड कर देना है फिर वाइटी स्टूडियो में सिंगल लाइन अट्रेक्टिव टाइटल दिख देना है चार से पांच हैश को यूज कर लेना है लास्ट में कुछ ऐसा करना अगर कर ले तो आपकी वीडियो हंड्रेड वायरल होगी लेकिन उससे पहले अगर बुआ है तो लाइक करो अगर कर लो तो हैशेगे गर्ल कमेंट लास्ट ये कि आपको डिस्क्रिप्शन और टैग में कुछ नहीं लिखना है